रीवा में एक बस हादसा हो गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं पता जा रहा है कि बस प्रयागराज के लिए जा रही थी रीवा के टिकरू नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस गिट्टी से भरे ट्रक में जाकर भिड़ गई इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई वहीं 28 लोग घायल है जिनमें से छह लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है हादसे की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को निकाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया बताया जा रहा है कि लगभग 30 यात्रियों से भरी बस प्रयागराज के लिए जा रही थी इसी दौरान बस के सामने वाला ट्रक अचानक रुक गया जिस वजह से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जाकर भिड़ गई जिसमें ड्राइवर सहित एक 25 साल के युवा की मौत हो गई। एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि जिन लोगों को मामूली चोट आई थी उन्हें व्यवस्था कर बस ऐसी प्रयागराज यूपी घर के लिए भेजा गया है एक्सीडेंट हो गया बस का ट्रक से बड़क गया जिसमें चालक की कर लिया और एक यात्री की भी घटनास्थल पर भर्ती हुआ लगभग 25 लोग इस दुर्घटना से घायल हुए थे सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय घटनास्थल पहुँचे पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल एस सभी को अलर्ट पोजीशन पर रखा दिया है ना डॉक्टर की टीम और उनके एसोसिएट सभी उपस्थित थे स्वयं एस जी एम में अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ गए यहाँ डॉक्टर के घटनास्थल से आए घायलों के उपचार और उसका सुनिश्चित किया यहाँ पे सात लोग लाए गए थे एस जी में जिसमें दो लोग